दोस्तों आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने हवाई जहाज़ पर यात्रा की होगी और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने आज तक हवाई जहाज़ पर यात्रा नहीं करी है क्या आप सभी लोग जानते हैं कि एरोप्लन में कौन सा ईंधन और तेल डाला जाता है अगर पता है तो कमेंट करिए एरोप्ल में एक विशेष प्रकार का तेल डाला जाता है जिसको जेट फ्यूल कहा जाता है हाँ दोस्तों अगर पता था तो कमेंट करिए सब्सक्राइब एंड लाइक करिए शेयर करना